इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया आवाजा बात मारा नू मना आवाज आते मारू मना इन्ना सोना इन्ना सोना रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया आवाज आवा मै रन मना आवाज आवा मै रन मना इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना दूर जावे ते दिल जलदी अकमार रब ने बनाया रब ने बनाया रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया इना सोना, सोना क्यों रब ने बनाया So now. सारी रा छिड़काव किन्ने दरदार रब ने बनाया रब ने बनाया रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया आवाज आवाज सोना ना सोना इना सोना